हेलो फ्रेंड कैसे हैं आयो आप अच्छे होंगे तो हमेशा की तरह जो मैं कंटेंट लेकर के आता रहता हूं तो आज का जो हमारा कंटेंट है मैं आपको बता दूं एक मल्टीमीटर के ऊपर हार्डवेयर आप मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड में है क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूं तो आज का जो मेरा कन्सेप्ट है वो है मल्टी को कैसे यूज़ करें वो सारा चीज़ हमें यहाँ पर मैंसन करने वाले हैं फिर लास्ट में आपको ये भी एक सजेस्ट करूँगा कि आप कौन सा मल्टीमीटर ले सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप कौन सा मल्टीमीटर लो मैंने यहाँ पे दो रखा हुआ है पर दोनों की एक खासियत है सबकी खासियत होती है मैंने बहुत सारे मल्टीमीटर्स तो नहीं रखा है पर फिलहाल मैं बता देता हूँ ये फ्लोक का मल्टीमीटर है जो कि समथिंग इसकी क्रॉप्स पच्चीस से तीन के बीच में होती है मैं यहाँ पर रेट और वहाँ पर मैंसन नहीं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं फ्लोक का तो अब मैं यहाँ पर मेन जो है मेज़र क्या है एक्यूरेट चीज़ें वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंसन करने वाला हूँ और ये है हमारा सनसाइन का टी मॉडल और मैं इसको लास्ट में बताऊंगा कि इनमें दोनों में क्या मैंने क्यों दोनों को लिया हुआ है पहले तो मैं इतन बीसिक्स लेकर के सब कुछ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले इसका जो प्रोव होता है जब आप मल्टी को आप लोगे तो सारे प्रोव आपको दिखाई दे जाएंगे तो रेड वाला प्रोव आपको सबसे कॉर्नर में लगाना है जैसा कि मैं यहाँ पर लगा देता हूँ ब्लैक वाला प्रोव आपको यहाँ पर लगा देना है तब जाके इसका एक्चुअल में वजर और यहाँ पर इसके वोल्टेजेस आपको पता हो पाएंगे ये हमने लगा दिया अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसी की बात कर रहा हूं आपसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो फंक्शन है जो हमें यूज करना होता है सारी चीजें जो हमारी मोबाइल फील्ड में है जैसे हमारे यहां पे आप देख सकते हो बोर्ड भी है तो इसे हमें क्या क्या करना होता है इस बताऊँ सारे जो कॉम्पलेंट्स हैं टिप्स हैं इनकी कंडीशन इनकी वैल्यू ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चेक करनी होती है ट्रेसिंग करनी होती है ये सारा चीज़ यहाँ पे करना होता है तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कर सकते हो तो सारी चीज़ें ये जो हमारा सनसाइन का है इसका जो प्राइस होगा समथिंग चार से पाँच के बीच में होगा और इसकी प्राइस मैंने आपको बता दी है ये दो तो बेसिक चीज़ें थी उसके बाद आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक आपको वैल्यू और डायोड का एक साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे जो इसकी है ये है आपका वजर मोड या इसको बोलते हैं बीप मोड आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारी चीज़ें ये जो हमारी 200 2K 20K टू हंड्रेड के टू ये हमारी रजिस्टर को इसकी वैल्यू पता करता है कि वो कितने मान का रजिस्टर लगा हुआ है जिसमें ओम्स में ये ओम्स होता है ये हमारी रजिस्टर का इकाई है इसमें हम यहाँ पे जा कर के सारी चीज़ें देख सकते हैं तो ये बजर में हम क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ये चेक सक, कर सकते हैं कोल्ड टेस्टिंग या हॉट टेस्टिंग तो कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग कैसे की जाती है ये भी आपको पता ही है सारी चीज़ें कोल्ड टेस्टिंग टेस्टिंग करने के लिए ये जो हमारा रेड वाला प्रोप है वो ग्राउंड होना चाहिए और ब्लैक वाला प्रोप है वो टिप्स पे होना चाहिए इसमें हम उसकी जीआर हम यहाँ पे पता कर सकते हैं उसके बाद फ्रेंड आपको बताना चाहूँगा सेकंड इससे हम कंटिनिटी ले सकते हैं कंटिनिटी के मींस ये होता है ट्रेसिंग करना ट्रेसिंग करना होता है जैसे कि आप दोनों प्रोप को यहाँ पर रखते हो तो एक आपको बीप साउंड सुनाई देगा क्योंकि इसको बीप मोड भी बोलते हैं ये देखिए ये देखिए आपको बीप सुनाई दे रहा है तो इससे आप ट्रेस कर सकते हो ट्रेसिंग का मतलब होता है कंटिनिटी मतलब एक ट्रैक को ढूंढना और फाइंड करना या आप इससे दूसरा ये कर सकते हो मतलब यहाँ से पहली चीज़ आप यहाँ पे टेस्टिंग कर सकते हो कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग उसकी कंडीशन पता कर सकते हो कि ओके okay है कि नहीं है सारी चीज़ें उसके बाद आप किसी भी रजिस्टर का आप मान चेक कर सकते हैं जैसे आपको रजिस्टर का मान चेक करना है तो आप यहाँ पर किसी भी रजिस्टर की वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ पे टू दो मिलियन में है यहाँ पे उसके बाद हम बात करें तीसरी चीज़ यहाँ पे आप कंटिन्यूटी कर सकते हो अब उसके बाद आपको राउंड सर्कल में जाए जैसे हमने टेस्टिंग की बात की तो यहाँ से कोल्ड cool टेस्टिंग होगा यहाँ से आपकी हॉट टेस्टिंग होगी हॉट हो टेस्टिंग में हम वोल्टेज का पता करते हैं उसमें आपका ब्लैक वाला प्रोब ग्राउंड होना चाहिए और रेड वाला प्रोफ टिप्स पर होना चाहिए ये सारी चीज़ें तो अगर आप यहाँ पर दो साइन दिखाई दे रहे हैं दो वी दिखाई दे रहे हैं ये मैंने वीडियो अगर आपको पता था तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो ऐसा नहीं कि आप बोलो कि सर ये तो हमें पता था वैसा बट ऐसा कुछ भी नहीं है आप यहाँ पे दो साइन देख रहे हो एक डीसी का साइन है और एक एसी का साइन है यह आप जो यहाँ पे स्टेट देख रहे हो ये हमारा डीसी का साइन है और जो आप यहाँ पे फ्लैक्चुअट देख रहे हो ये हमारा है एसी का तो हमें जो भी तो हमारे सिस्टम में जो भी तो हमारे फ़ोन से रिलेटेड है इसमें हम डीसी सी वोल्टेज को ही चेक करते हैं उसके तो लिए हमें यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा सी बात है हमारा जो नॉर्मल वोल्टेज होते हैं वो बीस वोल्टेज से ऊपर नहीं होते अगर वो होते हैं तो लाइट सेक्शन में होता है वो सारा डीपली नॉलेज अगर आपको चाहिए तो आप ऐसे टेलीकॉम में ज्वाइन कर सकते हैं कि कौन सी सप्लाई में कितना वोल्टेज आता है ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी तो ये जो है वोल्टेज यहाँ पे हम जनरली 20 बोर्ड तक रखते हैं और हमें जो भी हमारे सेक्शंस के वोल्टेज होते हैं हम यहाँ से इजिली फाइंड आउट कर लेते हैं जैसे हमारा ये जो ब्लैक वाला प्रोप है यहाँ पे हमारा ग्राउंड होना चाहिए रेड वाला प्रोप हमारा टिप्स पर होना चाहिए जहाँ हम वोल्टेज़ को ढूंढ रहे हैं जब हम कोल टेस्टिंग करेंगे मैं फिर से रिमांड कर रहा हूँ रेड वाला प्रूफ हमारा ग्राउंड होना चाहिए और ब्लैक वाला प्रूफ हमारा टिप्स होना चाहिए अगर आप इन प्रूफ को भी गलत लगाते हैं तो भी आपके मान और वैल्यू सही से नहीं निकलेगी तो यहाँ पे तो ये चीज़ हो गया और यहाँ पे सारी चीज़ें और बेसिकली हमारा जो जर्नली काम होता है मल्टीमीटर में एक ज़्यादातर यही होता है क्योंकि अगर मोबाइल फील्ड में हमें कुछ काम करना है तो हमें ट्रेसिंग और वहाँ पे इसका नॉलेज होना चाहिए अगर इसका नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे तो ये हो गया अब मैंने एक मल्टीमीटर और रखा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लुक का मल्टीमीटर है अभी फ्लुक में क्या खासियत है इन दोनों का मैं लास्ट में आपको बताऊँगा सारी चीज़ें आपको तो ये फ्लूक का मल्टीमीटर है इसको ऑपरेट करना थोड़ा सा टफ़ है बाकी बहुत इजी भी है अगर आप इसको यूज़ करने लगेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा इसको यूज़ करने में तो बेसिकली चलिए ये तो साइन बना ही हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो रेड का रेड साइन बना हुआ है ब्लैक का ब्लैक साइन बना हुआ है तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें कभी भी कभी हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रेड को ब्लैक में लगा देते हैं ब्लैक को रेड में लगा देते हैं मतलब ग्राउंड को मतलब उल्टा लगा देते हैं सीधी सी बात है तो अब यहाँ पे फ्लूप में हम बात करते हैं सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कम बटन दिए हुए हैं और जो हमारे बेसिकली मोबाइल फील्ड में काम आते उतना ही उन्होंने ऑप्शन डाला हुआ है तो चलिए यहाँ पे ऑफ है उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक वोल्टेज का भी साइन है दो वोल्टेज का साइन है फिर तो यहाँ पर आप व्हीप दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर हमारे ओम्स का साइन दिखाई दे रहा होगा इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और एक ये कंट्रोल बटन है जिससे आप फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हो तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रेसिंग की तो ट्रेसिंग करने के लिए अगर हमें पहले कंटिनिटी लेना है अगर हमें कोल्ड cool डिस्टिंग करना है अगर हमें बीप ढूंढना है अगर ट्रेस करना है तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटो रेंज यहाँ पे पहले दिखाई दे रहा है उसके बाद अगर हम इसको मैनुअल करेंगे तो अब आपको देखेंगे यहाँ पे बीप मोड पे आ गई है ये देखिए ये साइन आ गया अब इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी इससे आप कंटिनिटी देख सकते हो मतलब इस पुस्बटन से आप इसको मोड को चेंज करके आप सारे फंक्शन को यूज़ कर सकते हो यहाँ पर आप देखोगे जो पुस्बटन है इसको आपको करना क्या है आ, मैं प्रोप लगा ही लेता हूँ फ्रेंड फटाक से थोड़ी सी लंबी वीडियो है पर फुल डिटेल के साथ मैंने वीडियो डाली हुई है तो ये मैंने लगा दिया जस्ट अ सेकेंड तो ये मैंने प्रोक को लगा दिया है अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको रखा हुआ है जैसे मैं फिर से एक बार फटाक से करता हूँ मैं यहाँ पे जाता हूँ बीप मोड में और यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू मोड पर अभी ऑटो पे है अब इसके बाद हमें अगर बीप सुनना है तो अभी देखिए अभी ऑटो पे है तो मैं इसको टच करता हूँ तो बीप आती है क्या ये मैं चेक कर लेता हूँ क्योंकि मैं एक हाथ से बना रहा हूँ अभी देखिए कोई भी बीप नहीं आ रहा है ये ऑटो रेंज पे है अब यहाँ पे मैं इसको चलिए मोड को चेंज करता हूँ अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा बजर मोड पे अब जैसे उसको हम करेंगे तो यहाँ पर ट्रेसिंग कर सकते हो साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा ये देख सकते हो मतलब इससे आप कंटिन्यूटी ट्रेस कर सकते हो एक आप अपने ट्रैक को ढूंढ सकते हो अगर इसी में आपको एक्चुअल देखिए अब दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर ये चीज़ मैं अभी देखाऊँगा आपको हो सकता है कि ट्रेस करके आपको, मतलब एक चीज़ आपकी एक वैल्यू चेक करके मैं आपको दिखा दूँ फिलहाल तो अब यहाँ पर जैसे आप जाएँगे तो आपको डायट का साइन बन के दिख रहा है ये डायट जो वैल्यू है जो हम इस मल्टीमीटर में एक ही जगह पर कर लेते हैं कंटिन्यूटी और ट्रेसिंग दोनों चीज़ हम एक ही जगह पर कर लेते हैं यहाँ पर आपको मैनुअली को करना है अब यहाँ पर आप किसी भी सेक्शन को चेक करना है उसकी वैल्यू पता करना है तो आप यहाँ पे उसकी रीडिंग उसका जीआर पता करना है तो आप ये डाइवर्ड मोड में जा करके के यहाँ पर कर सकते हो बाकी एक मोड आप और चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको ओम्स आपको ओम्स दिखाई दे जाएगा जिसमें आप वहाँ पे ये देखिए किलो ओम्स यहाँ पर मेगा और यहाँ पर ओम्स का बन साइन बन के आ रहा है आप यहाँ पर फ्रेंड क्या कर सकते हैं किसी का भी रेजिस्टर का रेजिस्टेंस का उसका मान पता कर सकते हैं बहुत ही इजीली मेथड है बट अगर आप एक बार यूज़ करोगे तो आई होप यही यूज़ करना चाहोगे क्योंकि बहुत इजी है और दूसरी चीज़ अब यहाँ पे जो इसके हम वोल्टेज की बात करें कैसे हम हॉट टेस्टिंग करते हैं यहाँ से तो हमने कंटिन्यूटी और कोल्ड टेस्टिंग कर ली और ये जो दो टैप फिर से दिखाई दे रहा है एक हमारा वी ए uh, का और एक वी हमारा डी का तो चलिए हम इसको पहले सबसे पहले यहाँ पे ले जाते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि यहाँ पे आपको वोल्टेज का भी साइन बता देता है कि आप देख सकते हैं वी एसी। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं डाला हुआ है कि एसी का है कि डीसी का है यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मतलब ये जो हमने आपको दिखाया था ये देखी ये साइन ए का साइन था और यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए तो यहाँ पे हमें बेसिकली डी चाहिए होता है तो हम इसको जस्ट ऊपर करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है डी सी वोल्टेज और यहाँ पे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हो तो ज़्यादा बेटर दोनों ही है ऐसा कुछ भी नहीं है तो ये मैंने आपको बताया था कि ये डी है और ये आपका ए है तो आप आई होप यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा तो फ्रेंड एक्चुअल में इस वीडियो का दो लेने का कम्पेरिज़न मेरा ये था कि आप दोनों ही से ही काम कर सकते हो ये नहीं है तो आप डेढ़ सौ का भी मल्टीमीटर आता है उससे भी काम आप कर सकते हो बट यहाँ पे ये मेरा कंपेरिज़न था कि ये एक नॉर्मल मिनिमम रेंज का है और एक ही हाई रेंज का है आप चाहो तो दोनों ही रख सकते हो मैंने यहाँ पर यूज़ करना बताया है ना कि इसमें से कौन सा मल्टीमीटर आपको लेना चाहिए अब बात करें कौन सा बेटर है एक्चुअल तो जाहिर सी बात है मेगा है तो फ्लूप का जो मल्टीमीटर है बहुत ही बेस्ट है इसमें आपको सारी रीडिंग इसकी वैल्यू है आपको एक्यूरेट पता चल जाती है तो यही दो रीज़न था मैंने दो मल्टीमीटर रखने का आप एक रख सकते हो ये वाला रख सकते हो ये समथिंग आपका चार से पाँच सौ के बीच का होगा मैं रेट नहीं जानता रेट मेंशन आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नंबर दे दूँगा आप वहाँ से जा कर के डिटेल ले सकते हो तो यह सारी चीज़ें हैं आपको आई हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें थैंक यू सो मच मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में